मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना मैं संजीव हंस आज आपके समक्ष एक नई कथा लिख रही मारिषि अष्टावक्र का शरीर कई जगह से टेढ़ा मेढ़ा था इसलिए वे क्रूप दिखाई देते थे एक दिन जब वह राजा जनक की सभा में पहुंचे तो वहां पहले से कई ऋषि मुनि पधारे हुए थे उन्हें देखते ही सभी हंस पड़े जोर जोर से ठाके मारने लगे अष्टावक्र उन्हें हंसता देखकर वापस लौटने लगा यह देखकर राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र से पूछा भगवान आप वापस क्यों लौट रहे हैं अष्टावक्र ने उत्तर दिया मैं मूर्खों की सभा में नहीं बैठता उनकी बात सुनकर सभी नाराज हो गए एक सभासद ने क्रोध में पूछ ही लिया हम हम मूर्ख कैसे हुए तब अष्टावक्र ने उत्तर दिया तुम लोगों को यह भी नहीं मालूम कि तुम मुझ पर नहीं सर्वशक्तिमान ईश्वर पर हंस रहे हो मनुष्य का शरीर तो हांडी की तरह है जिसे ईश्वर रूपी कुम्हार ने बनाया है हांडी की हंसी उड़ाना क्या कुमार की हंसी उड़ाना नहीं हुआ अष्टावक्र का तर्क सुनकर सभी सदासद लज्जित हो कहने का अब यह है कि परमात्मा की बनाई किसी भी वस्तु किसी भी जीवन का उपहास मत करो उस वस्तु का आप उपहास नहीं कर रहे उसके बनाने वाले का उसके रचयिता का आप उपहास कर रहे हैं तो ये थी एक छोटी सी कहानी फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ आपका दिन मंगलमय हो।